हाँ, आज आर्थिक स्थिति ऐसी है और हमने अपने काम और दूसरी चीजों को ऐसे व्यवस्थित किया है कि कई त्यौहार खत्म हो चुके हैं अभी लगभग 30 से पैंसठ त्यौहार मनाए जाते हैं शायद इससे भी ज्यादा अलग अलग लोग लगभग 50 से 60 त्यौहार मना रहे हैं लेकिन ये संख्या भी घट रही है लगभग पांच या छह त्योहार बड़े पैमाने पर मनाए जा रहे हैं तो उनमें से कुछ सामाजिक है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 अगर मैं आपको पाँच छः घंटे के लिए बैठा दूं, तो क्या आप बस यूं ही बैठे रहेंगे नहीं मुझे आपका मनोरंजन करना होगा शाम छह से सुबह छः बजे तक बारह घंटे नॉनस्टॉप, संगीत नृत्य ध्यान ताकि हर कोई सचेत बैठा रहे लगभग 10 लाख लोग एक जगह पर होते हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ रही है तो अब दक्षिण भारत में 130 से अधिक शहरों में हमारे पास बड़े स्क्रीन हैं, ताकि लोग वहाँ इकट्ठा हों और बहुत ज्यादा लोग यहाँ न आए लेकिन फिर भी सात से आठ लाख लोग एक जगह पर होंगे और छियासी से अधिक चैनल इसे लाइव टेलीकास्ट करते हैं तो कितने लाखों लोग देखेंगे हम नहीं जानते पिछले साल कहा गया था लगभग छह करोड़ लोगों ने देखा होगा इस बार और ज्यादा लोग देखेंगे तो यह इतना विशाल हो गया है क्योंकि लोगों को इससे फायदा हुआ है आप उस रात एक काम करें बिना किसी नशे या ड्रग के बस सचेत होकर बैठें। आपको उत्सव पसंद नहीं है तो आप बस ऐसे यूं ही बैठिए यह आप पर है <laughs> <laughs> तो आपको यह समझने की जरूरत है कि इंसानों को जश्न बनाने की जरूरत होती है अगर आपके जीवन में उत्सव होना है तो आपको हंसी खुशी की भावना लानी होगी वरना कोई उत्सव नहीं होगा ज्यादातर लोग तभी जश्न मना सकते हैं जब आप उन्हें शराब पिला दें। मैं आपको एक जगह 10 लाख लोग दिखाऊंगा कहीं भी एक बूंद पीने की अनुमति नहीं है लेकिन आप देखेंगे कि पूरी रात एक भी व्यक्ति नहीं सोएगा हर कोई पूरी तरह से जागता रहता है <laughs>